डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश के सबसे शानदार लोगों में से एक व्यक्ति हैं तो दुर्भाग्य ये है कि उन्हें एक जाति विशेष का नेता मान लिया गया जबकि उनको ठीक से समझने के बाद कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने जितना उपकार निम्न जातियों के लिए किया उससे ज्यादा उन्होंने भारत की महिलाओं के लिए किया है उससे ज्यादा एक शानदार संविधान हमारे देश को देकर उपकार किया है डॉक्टर अम्बेडकर एक केस कड़ी है इस मामले में